साथियों नमस्कार मीन राशि के जातकों का जुलाई माह कैसा होगा जुलाई माह में मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं परिघटित होंगी जुलाई माह को शुभ बनाने के लिए मीन राशि के जातक कौन से ऐसे दिव्य प्रयोग करें कि उनका पूरा माह शुभ जाए जुलाई माह में मीन राशि के जातकों के लिए सबसे लकी नंबर कौन से है मतलब अनुकूल अंक और प्रतिकूल अंक हम आपको दोनों बताएंगे भाग्यशाली नंबर भी आपको बताएंगे शुभ कलर भी बताएंगे अंत तक आप इस प्रोग्राम को देखिए चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं मीन राशि के जातकों के लिए लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि रायपुर में 10 से 13 जुलाई रहेंगे और मुंबई में 20 से 25 जुलाई रहेंगे इच्छुक दर्शक जो कोई भी है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो, तो दो जुलाई को पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा चार जुलाई बृहस्पतिवार दिन रहेगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलेंगी बारह तारीख देव एकादशी सोलह तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा गुरि गुरु भी इसी दिन है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरूर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा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 तो मिथुन राशि से जैसे कर्क राशि में आएंगे तो यही संक्रांति कही जाती है 27 तारीख को काम का एकादशी है तो एकादशी जो लोग रहते हैं आप लोग व्रत रह सकते हैं 12 तारीख और 27 तारीख को तो मीन राशि के जात को इस माह परिश्रम और पुरुषार्थ करने पर धन लाभ के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे एक से सात तारीख के बीच किसी निकट सहयोगी की सहायता से बिगड़े हुए कार्यो में आपके सुधार हो सकता है साझेदारी के कार्यो में उचित लाभ का योग नहीं बन रहा है अतः यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं कि यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर तो बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है और नया कोई कार्य आपको पार्टनरशिप का नहीं करना है संतान को लेकर के आप कुछ परेशान हो सकते हैं आपके मन में हमेशा लाभ लाभ ही लाब दिखाई देगा यह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है अति सर्वत्र वर्जयेत देखिए पैसों को लेकर के यदि कोई मन में लोभ है तो इसको फौरन हटा देना चाहिए वरना वही विनाश का कारण बनता है और आप किसी नए प्रदेश स्थान पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे कोई नया जीवन साथी आपके जो है जीवन में आता हुआ प्रतीत हो रहा है कोई नए प्रेम प्रसंग आपके स्थापित होंगे और छोटी छोटी सी बातों को लेकर पत्नी के साथ रिश्तों में ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है वही सात से दस जुलाई के मध्य दांपत्य जीवन में थोड़ी सी आपके जो है खुशहाली रहेगी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा सामान्य जनों से संपर्क तथा प्रेम बढ़ता हुआ मीन राशि के जातकों को नजर आ रहा है मित्रों तथा परिवारजनों का सहयोग मिलने से सफलता आपको साथ मिलेगी शरीर और मन आपका प्रफुल्लित रहेगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आर्थिक लाभ मिलेगा स्वभाव में जिद तथा अहम बढ़ेगा मनमानी करने से बचिए अन्यथा आप लोग हानि उठाएंगे वहीं 11 से 17 जुलाई तक संतान की बीमारी से अथवा संतान के कारण आपको कुछ कष्ट हो सकता है आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिन रहेगी और हो सकता है कि वाहन से इस दौरान आप लोग कोई चोट चपेट वगैरह लग जाए भोजन आपका अच्छा नहीं होगा तो पाचन संबंधी रोगों को आप लोग यहाँ पर जन्म देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस दौरान आपका विरोधी मन में स्थिरता आएगी अवय नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति में दृढ़ता आपके परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ रही है वही आपको बता दें कि 20 के बाद से मित्रों एवं हितैषियों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा आपके कोई काम यदि फंसे हैं आप अपने दोस्तों की सहायता से निकालने जाएंगे उच्चाधिकारियों की सहायता से निकल जाएंगे वार्तालाप से प्रशासनिक अधिकारियों को संतुष्ट करने में आपको सफलता मिलेगी आत्मविश्वास से व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी यात्राओं में दुर्घटना से बचाव होगा स्वास्थ्य सुख मिलेगा 30 जुलाई से 30 जुलाई तक संतान के प्रति चिंता में वृद्धि होगी संतान प्राप्ति के लिए उपचार आदि का योग इस माह बन रहा है अधिकार क्षेत्र में कुछ कमी रहेगी और आपके विरोधी मुखर रहेंगे इस दौरान एक बात और बता दें कि प्रेमी युगलों के जो है जो प्रेम संबंध है इसमें मधुरता को समाप्त होती हुई नजर आ रही है मीन राशि के जातकों इस दौरान आपको परीक्षा परीक्षाओं में भी असफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है विभिन्न माध्यम से आपको भूमि तथा वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और महीने के अंत में महिलाओं से एवं प्रेम का वातावरण आपको प्राप्त होगा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं धन लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भूमि भवन के कार्यों में सफलता मीन राशि के जातकों को प्राप्त होगी तथा स्थायी संपत्ति की वृद्धि होगी उच्च पदस्थ व्यक्तियों और भद्र पुरुषों से आपकी मित्रता होती हुई नजर आएगी पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त होगा तो करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों देखिए सबसे पहले इस माह को प्रभावी बनाने के लिए आपको करना यही रहेगा कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिए और सूर्य को आपको जल देना रहेगा तो मीन राशि के जातकों इस माह सर्वथा शुभ आपके लिए दिवस कौन से होंगे आप लोग नोट कर लीजिए तीन तारीख आठ तारीख चौदह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख सत्ताईस तारीख और इकतीस तारीख ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे आप लोग इसमें किसी भी कार्य को करेंगे तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं यदि हम प्रतिकूल दिवस की बात करें तो एक तारीख छः तारीख दस तारीख बारह तारीख बाईस तारीख चौबीस तारीख उनतीस तारीख ये आपके प्रतिकूल दिवस रहेंगे आपके जो सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे ये अंक तीन और अंक नौ आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे शुभ कलर आपके लिए येलो और क्रीम कलर रहे और इस माह सबसे शुभ जो डायरेक्शन रहेगी दिशा रहेगी ये आपके लिए उत्तर दिशा रहेगी आपको अब उपाय क्या करना है तो मीन राशि के को शनिवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना रहेगा दूसरा बुधवार वाले दिन मछलियों को आपको चारा डालना रहेगा तीसरा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं प्रतिदिन यदि हो सके तो ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है इस मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और यदि संभव हो तो दस वर्ष की छोटी कन्याओं को बुधवार वाले दिन कोई आपको मीठा कुछ मीठा आपको देना है वो मिठाई भी हो सकती है खोए से बनी हुई हो तो कुछ आपको मीठा खिलाना रहेगा ये आप लोग प्रयोग करिए और यकीन मानिए जुलाई माह आपके लिए सर्वथा शुभ जाएगा हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग बताइएगा और हाँ एक बार नई सरकार को बधाई और जी न्यूज का भी इस आधार उन्होंने हमारे कार्यक्रम को जो है जो हमने प्रिडिक्शन की थी उसको अपने कार्यक्रम में जगा दी और शत प्रतिशत हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ आप लोग भी ये क्लिप देख सकते हैं कि जो दावा कर रहे हैं कि दो में पीएम मोदी की अगुवाई